हमें एक दिन कॉल आया कि एक बड़े कुएं में एक साढ़ गिरा है कुआ काफी डीप था और काफी चौड़ा था हमने समझ नहीं आ रहा था कैसे रेस्क्यू करें क्या करें क्योंकि इसके पहले हमने इतना बड़ा रेस्क्यू कभी किया नहीं था। हमने जैसे भी बुलवाई काफी बार निकालने की कोशिश की लेकिन कभी उसने रस्सी तोड़ी कभी वो पकड़ में नहीं आ रहा था हमें लगा की बस अभी हमें उसे डूबते हुए देखना पड़ेगा फिर आधी में हमने ट्रेन से संभाओ काफी बार ट्राई करने के बाद में उसे बाहर निकाला जो में में हमारे सिटी के पास गौशाला है हमने उसे हमेशा के लिए वहाँ पे हमने दे दिया। अभी वो अच्छे से वहाँ पे रह रहा है इस रेस्क्यू को अंजाम दिया आधार फॉर एनिमल्स ने जिसे काजल रॉज जी और उनकी टीम अकोला महाराष्ट्र में चलाती है मुझे रेस्क्यू करते हुए दो साल हो गए हैं। तो करते, करते शेल्टर तो uh, ना होने की वजह से बड़े जानवर जैसे की गाय या बैल उनका ट्रीटमेंट ये स्ट्रीट पर करके उनके ठीक होने के बाद उन्हें गौशाला में भेज देते है जबकि बड़े डॉग्स का ट्रीटमेंट ये स्ट्रीट पर करने के बाद उन्हें रिलीज कर देते हैं और छोटे है, है। तो काफी सारे लोगों का यही कहना होता था की इनका कुछ नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी हमारे जो वेटनरी डॉक्टर है डॉक्टर प्रशांत पराते सर उन्होंने ट्रीटमेंट की और उसके साथ में एक्सरसाइज, उनकी फिजियोथेरेपी, जब वो ठीक होने लगते हैं तो एक एक प्रॉपर उनको सपोर्ट देके उनका वॉक करवाना, ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है। हमने अभी तक 30 से ज्यादा डॉग्स को हमने वापस उनके पैर पर खड़ा किया है ऐसे नामुमकिन केसेस मुमकिन होते हुए देख लोग कई जगह से काजल जी को अपने पैरालाइज डॉग्स की ट्रीटमेंट के लिए फोन करते लेकिन ना चाहते हुए भी काजल जी को उन्हें मना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जानवरों के इलाज के लिए कोई शेल्टर शेल्टर नहीं है। शेल्टर बनाने के लिए तो हमें जमीन का प्रॉब्लम है तो हम चाहते है की लोग को सपोर्ट करें सो so देट हम एक छोटी सी जगह ले सके वहाँ पे कुछ बना सके जो भी चाहते है हमें वॉलेंटियर भी कर सकते है मान पावर की भी थोड़ी कमी है वो भी एक काफी अच्छा सपोर्ट होगा